मध्य प्रदेश के किसानों के लिए शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है किसानों को उर्वरक संबंधी कोई परेशानी ना हो इसलिए प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए घर पहुंच सेवा शुरू की है जिसमें किसानों को घर पर उर्वरक वितरण की सेवा उपलब्ध होगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया है उर्वरक वितरण की सेवा अब किसानों को उनके घर उपलब्ध होगी इस योजना की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि सरकार ने किसानों के लिए इस योजना का नाम घर पहुंच सेवा रखा है वहीं पटेल ने किसानों से अपील की है कि उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है प्रदेश में खाद की उपलब्धता है और सभी किसान भाइयों को सरकार अब उनके घर पहुंचकर खाद यूरिया का वितरण करेगी ताकि किसान भाइयों को डीजल खर्च लंबी लंबी लाइनों में लगने के साथ समय की बचत होगी डिफॉल्टर तो किसानों को सोसाइटी से खाद नहीं मिलती नगद में भी नहीं मिल रहा इसलिए जी के में हमने लिया कि नगद देंगे और नगद हम विपणन संघ के माध्यम से उनके जो डबल लाख है से देते थे अब किसी जिले में छह है कहीं आठ है वो इसलिए पूरे जिले के किसान वो आते थे तो भीड़ लगती थी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने एक बैठक थी और के के अनुसार हमने पीओएस पीओएस मशीन मशीन माध्यम से तो सेंटर सेंटर कर दिए लेकिन अब जितनी सोसाइटी सोसाइटियां वही गांव में जाकर हम दे रहे हैं और किसानों के हमने निर्देश दे दिए मुख्यमंत्री जी ने और बैठक में भी तय हो गया किसान कि से वही गाँव में उसे पैसा लेंगे, वहीं थम्प लगाएंगे पीओ मशीन खरीदवा दी और छी गांव में भिजवा देंगे ताकि किसान को ना लाइन लगाना पड़े ना उनको डीजल खर्च करना पड़े ना किराया देना पड़े घर पहुंच सेवा है तो इतनी अच्छी व्यवस्था तो कभी नहीं हुई थी जो इस बार हुई है और इस बार सब व्यवस्था ठीक कर दी अब किसान भाइयों आप को आपको चिंता करने की जरूरत नहीं ये गाँव गरीब किसानों की सरकार है मुख्यमंत्री शिवराजी खुद किसान है मैं किसान प्रधानमंत्री जी ने आपका